बनाया उसने। अरे हा रंजू अब तो गौर देखे अरे तू अरे के बताऊ मेरे लो टिंगर देख तू देख कि तेंद्र करे बटन मेले में लमरा गए ढूंढ नु पड़े गोरियो है है तेरे तेरे प्यार दी। तेरे प्यार दी था था न न था <सथ> तो प्यार दी ठंडे पानी से न नोरिए हाथ पाई कर ले तू पैर दी हाथ हत कर ले तू पैर दी गोरियो कुर। मोर बोले ये थारी ने में मारा आ, कुड़े रे गोरियो कोई हैं पहली आपका मोबाइल नंबर मेरा मुंह पर मारा फेंक के यहाँ रे जाओ गोरियो फोन लो गिर जाए तू सिर्फ मेरी है अगर तेरा और मेरे बीच में कोई आयो तो मैं काट के रख दूंगा अरे काजल है काजल कोई होते लेकिन काजल मेरी है कुड़े रे। अरे, है हुंते, दिया अरे ए नहीं हो? बताओ? नहीं तो के नाम लिखा अरे और कौन दियो मने। आ, अगर जे कोई छोरी मेरे साथ ब्याह करानी चाहे तो क्रास ओपर सिर्फ तीन आस आवे पहली पहली लियो चढ़ दिया छोटे ने राम राम राम राम राम बेजी हो क्या है यो फारम क्या रहे? मेरे बात में कौनी है के बात है बेचोर। तो है सगो सगी अरे ओ तो ये गाँव में सारी चीज मतलब अवेलेबल करावा मोबाइल होना मोबाइल लेना सारो है लेकिन फिर भी खतरे तो ब्लूटूथ दे दो लुगाई तेरे तू तो एक काम करे दो चार साल मेरे फॉर्मिया भरा की ओ टी पी बता जो कि